कौन सा राजा था जिसने अपने पुत्र को अपना बुढ़ापा देकर उसकी जवानी ले ली थी आपके पास चार ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कालभोज ऑप्शन बी सुदर्शन ऑप्शन सी याति या ऑप्शन डी त्रिशंकु आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए